को महु हो हिलो मार रमे को हिलो माँ जमे को महु हो धुलो को जाहु बसे को न सुधनु कहाँ हो रुझनू यहाँ हो जहा को त्या हो जहा को त्या हो रुझनू फले कोदो न ठा म भोग न मू म झुटो मखाद छुटो को भिड़े को छुटालो सिलाई सिलाको छधागो बिना को छधागो बिना को सी सिलाको बाटो रनंत मै हिंड न टुंगी आज जहा जाऊ मेरो महो गु जहा जाऊ मेर महो हू गऊ हिलो को धुलो धूलो न धुलो म छू हिलो को मू रौधी छया ममाटो तो न भूल छु भूलने कहा हूँ धूलो को हिलोह बसे को छु प्यारो मो ग हूँ जहा को गावल हूँ सन्तो सिले न साचो महो झो बड़ी को छ्रा मजा को न भाग न खेद को ही मांचे न ही, न ही, मांचे सदा मेचो हूँ ना साहीदाफ नटे मेरे मड़ने कहा हूँ छुटिंग मई न नहीं दिने को चारा न भन्नू रहू गोठ कहू